लगी तलवारों पे आप धार चढ़ानी होगी जंग लगी तलवारों पे आप धार चढ़ानी होगी और कुछ लोग अपने अवकात भूल गए तो कुछ लोग अपने अवकात भूल गए हैं शायद उनको हमारी याद दिलानी होगी